छोरा मैं तो ने मेरे तीनों तो नुझे तेरी माके मावे तुझे तेरी माओ करी मावे दूसरे छुट्टी ले ने पे ने पे चारूटी दिया लाल लाल कैसे मेरा फेरिया mera dhori chhore kon mein mar dil jala nai bo se ko le bhai re dil nai bo se ko फेरे गोरो किले रे खड़ो पेड़ गोलगी फेटकार डाइटी फेटकार रे दोई र दौ बोल गालिया जान रे रे दिल का टुटर ने जा दो डर मतभेद छे बुकार मारी को छे बुकार मारिए मारी मारिये को चा, चा, चा।